तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका खुशवंता ब्रो में तो आज की ट्रिक आपको टाइटल से पता चल गई होगी और थमलेल से तो आपको जाना है पॉकी प्रो पे तो हम इसमें जब जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने जो लॉग वाला आएगा इसमें आपको उसको नहीं दबाना है आपको जो ऊपर वाली है आपको उस पर दबाना है और उस पर दबाने के बाद आपको जो ये कॉर्डिनेट्स दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट्स हमें इस पर जाना है इस पर जाने के बाद आपको आईवी दिखेगा आप तो ऊपर की तरफ आप चाहे तो आईवी में कर सकते हैं लेकिन आपको जो पावरफुल पोकेमॉन चाहिए वो आपको सीपी में मिलेंगे तो हमें जो जो, जो सी वाला ऑप्शन है हमें सीपी वाले ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं ड्राइगेनाइट की कितनी सी पी की कितनी सीपी पी दूसरी की तो देख सकते हैं इनके जो ये कॉपी है अपन को उन पर दबाना है जैसे कि आप ये देख सकते हैं तो सारे जो पॉकीमोन है इसमें सॉक भी है ये देखिए सॉक जिसकी सीपी है दो हजार चार सौ इक्कीस दूसरा दो हजार चार सौ चौबीस तीसरा दो हजार दो हजार के आसपास इनमें ये सी हैं आप देख सकते हैं इथह यह है शैमा इसकी सीपी आप देख सकते हैं तीन सौ ये आप इन, इनकी सीपी आप देख सकते हैं इतनी सारी आपको सीपी नहीं दिख रही तो आप वीडियो को वो आगे पीछे भी कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं आपको तो आपको इनके लिए क्या करना होगा इनके जो ये कॉपी है इनको दबाना होगा और इन्हें पेस्ट करना होगा पी शार्प के टेलीपोर्ट्स में आपको ये एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स